नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पाल हरियाणा के स्कूलों में आज फिर से शुरू हुई पहली से तीसरी की कक्षाएं अभिभावकों की लिखित अनुमति के साथ बच्चे पहुंचे स्कूल इसके साथ ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी इन कक्षाओं में विद्यार्थियों को भी रोजाना 50 फीसदी तक रोटेशन से ही स्कूल में बुलाया जाएगा कोरोना की संभावित तीसरी लहर के बीच हरियाणा में आज साढ़े महीने के बाद पहली और तीसरी कक्षा के स्टूडेंट्स के लिए भी स्कूल खोल दिए गए बाकी कक्षाओं में बच्चों की तरह पहली ही और तीसरी कक्षाओं के स्टूडेंट आज स्कूल भी पहुंचे प्रदेश सरकार ने पहले नौवीं और बारहवीं की तथा छठी और आठवीं कक्षा की फिर चौथी से पांचवीं तक की कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दी थी लेकिन आज से पहली से बारहवीं तक की सभी कक्षाओं के साथ स्कूल में स्टूडेंट पहुँच पाएंगे रोजाना पचास फीरसी तक रोटेशन के साथ बच्चों को स्कूल में बुलाया जाएगा ताकि संक्रमण फैलने का कोई खतरा ना रहे विभाग की ओर से जारी सभी प्रकार के कोविड नियमों की पालना स्कूल में सुनिश्चित करवाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है ताकि छोटे बच्चों में संक्रमण फैलने का खतरा ना के बराबर रहे इसी को देखते हुए स्कूलों में थर्मल स्कैनिंग के बाद ही बच्चों को एंट्री दी जाती है बच्चों के स्कूल में आने वाले विद्यार्थियों को अपने माता पिता से लिखित रूप में अनुमति पत्र के साथ में लेकर के आना होता है वहीं एक निजी स्कूल की प्रिंसिपल नीरू सैरी ने बताया कि कोरोना संक्रमण से संबंधित सभी नियमों की पालना स्कूल में ही करवाई जा रही है पहली से तीसरी कक्षाएं आज से स्कूल शुरू हो चुके हैं छोटे बच्चों की कक्षाएं भी शुरू होने से पहले अभिभावकों से स्कूल में विजिट करवाई जाती है ताकि बच्चों की सुरक्षा को लेकर के किसी तरह की शंका परिजनों को न रहे स्कूल में असेंबली नहीं की गई लंच ब्रेक भी बच्चों के लिए नहीं होगा विद्यार्थियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा और सभी बच्चों की थर्मल स्कैनिंग के बाद ही स्कूल में एंट्री दी जाएगी वहीं अभिभावकों ने कहा कि हमने स्कूल में बच्चों को छोड़ने से पहले विजिट किया है और सभी तरह की तैयारी देखने के बाद ही अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाई के लिए भेजा है कोरोना के असर पर अब काफ़ी कम हैं और लंबे समय तक बच्चे पढ़ाई से दूर रहे हैं इसलिए बच्चों को स्कूल भेजना बेहद जरूरी है स्कूल में मैकेनिज्म से ही हम संतुष्ट हैं और बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से रखने के लिए स्कूल खोलना भी ज़रूरी है आप देख रहे हैं पलपल की एक खास रिपोर्ट राजेश भावु के साथ सर हमने अपने स्कूल की फर्स्ट टू तो थर्ड क्लास ओपन के लिए अच्छी से तैयारी कर ली है सभी बेंचिज को सभी क्लासरूम को हमने सेनेटाइजर करवाया गया है पेरेंट्स इसके लिए हमारे पास विजिट के लिए गए थे कि स्कूल चेक करने के लिए कि क्या सभी तैयारियाँ हो चुकी हैं कोरोना काल को देखते हुए हमने अच्छे से तैयारी कर ली है और मैं इसके लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने छोटे बच्चों को ध्यान में रखते हुए कि काफी टाइम उनका जो बीच में खाली जा चुका था उन्होंने उसके एजुकेशन को देखते हुए ओपन किया उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं तो तैयारियों में क्या आप प्रॉपर तरीके से बच्चों को बैठा पाएंगे सही तरीके जी सर इसके लिए हम प्रॉपर तरीके से वन बेंच वन स्टूडेंट ही रहेगा सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा जाएगा लंच ब्रेक नहीं होगा बेबी के लिए और सभी को जैसे मॉर्निंग के अंदर आते हैं असम्बली भी हम लोग नहीं करवा रहे हैं उसके लिए हम उनके लिए सैनिटाइज़र का भी हमने प्रबंध कर लिया गया सर मुझे तो सही लगा है मैंने पहले कुछ टाइम पहले मैंने आके देखा था स्कूल में जांच की थी कि यहाँ सही नियम का पालन किया जा रहा है स्कूल में सैनिटाइजर वगैरह डिस्टेंस क्लासेज में डिस्टेंस से बिठाया जा रहा है बच्चों को और प्रिंसिपल से भी मैंने बात की थी कि यहाँ के यहाँ नियमों का से मतलब यहां अच्छे से पालन किया जा रहा है आप बच्चों को भेजें मतलब यहाँ अच्छे से नियमों का पालन किया जा रहा है स्कूल में सर ऐसा है हर प्रदेश में कोरोना वायरस पहले फैल, फैला हुआ था लेकिन अब सुनने में नहीं आ रहा सुनने में नहीं आ रहा कि कोरोना बहुत कम हो चुका है लेकिन बहुत टाइम हो गया बच्चों को स्कूल जाते घर बैठे बिल्कुल ही बच्चे अनटच हो गए हैं स्टडी से तो इसलिए हम अपने बच्चों को अच्छे तरह मास्क लगा के सैनिटाइजर लगा के ही स्कूल में भेजेंगे और अच्छे से नियमों का पालन करेंगे सबसे पहले सरकार ने 9 टू ट्वेल्थ के लिए स्कूल खोले थे उसके बाद फिर, फिर का आया। और आज से फर्स्ट से लेकर ट्वेल्थ तक का जो दिशा निर्देश है की तरफ से जारी किए जाती थी सर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से कितने आप अभी स्कूल में बुलाते हो वो रोटेशन में स्कूल में आनी स्टार्ट होगी है तो इसके अकॉर्डिंग अभी जब तक नॉर्मलिसी नहीं आ जाती है सरकार के दिशा निर्दल हम पचास परसेंट संख्या के साथ स्कूल की जो व्यवस्था है हमने कायम की है सरकार की तरफ से सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग है मास्क का यूज करना है डिजिटल टेम्परेचर बच्चों का नोट करना है हैंड सैनिटाइजेशन के लिए बच्चों को बार बार बताना है और उसका पालन करवाना है और इन सब बातों का प्रॉपर तरीके से स्कूल में हमारे स्टाफ की तरफ से बुकूफी इन चीज़ों का पालन करवाया जा रहा है बच्चे भी बहुत अवेयर हैं पेरेंट्स भी अवेयर हैं आपने देखा कि सुबह बच्चे मास्क लगा के ही आए और सभी अभिभावकों के भी और बच्चों के चेहरे खुशी से खिले हुए हैं कि उनका स्कूल आज से शुरू हो रहा है सरकार के दिशा निर्देशों के अकॉर्डिंग यह व्यवस्था थी कि पेरेंट्स से एक सहमति पत्र ले लिया जाए जो कि हमने हमारे ग्रुप्स के मैसेज डाल के और अभिभावकों से लिखित में ये मैसेज लेके हमने ट्रिक्स को स्टार्ट किया हमने एक स्पेशल स्टाफ की टीम बना इस चीज का गठन किया है कि जो छोटे बच्चे हैं जिन जिनको इन चीजों का बहुत ज्यादा पता नहीं है लेकिन हालांकि जैसा मीडिया में और सरकार की तरफ से निर्देशों में बताया गया है बच्चे बहुत कुछ जान गए हैं उनको पता भी है इन चीजों का वो सब चीजें अच्छे से फॉलो भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमारा स्टाफ सारा दिन बच्चों के साथ रह इन चीजों का दिशा निर्देशों का पालन करवाने की कोशिश करेगा कि जो कि सरकार की गाइडलाइन आए हैं खरा उतर सके और आगे कभी भी ऐसी महामारी दोबारा से हमारे देश में ना आ पाए